एक आदमी मछली पकड़ रहा था मछली पकड़ते पकड़ते उसने ताज़ी-ताज़ी पकड़ी। ताज़ी-ताज़ी मछली मछली पकड़ते ही एक दूसरा आदमी आया दूसरे आदमी ने उसके, हाँ उसके हाँ नेक्ति बोला, बोला, दिखाई मछली छीन ली और जाने लगा अभी मछली जिंदा थी थोड़ा थोड़ा मछली ने उसके अंगूठे में काट दिया छूट गई मछली जख्म डॉक्टर के पास गया डॉक्टर ने अंगूठे पे पट्टी कर दी बैंडेज कर दी। बोला तीन दिन बाद आइया देखते हैं तीन दिन के बाद दोबारा गया जख्म दिखाया और ताजा हो गया डॉक्टर ने बोला अब इसको काटना पड़ेगा अगर ये नहीं काटा तो हाथ यहां तक जाएगा मरता क्या ना करता अंगूठा काटा फिर बैंडेज की गई तीन दिन बाद आई तीन दिन बाद फिर गया खोला गया और ताजा हो गया बोला ये पूरा काटना पड़ेगा नहीं तो यहां तक जाए उसने बोला काटो रास्ता नहीं ये काटा गया बैंडेज किया गया चार दिन बाद आई चार दिन बाद फिर पहुंचा पट्टी खोली गई वैसे का वैसा बोला अब यहां तक काटना पड़ेगा नहीं तो पूरा हाथ जाएगा यहां तक काटा गया पट्टी करी गई चार दिन बाद आई चार दिन बाद गए देखा वो वैसे का वैसा बोला बाजू काटनी पड़े नहीं तो शरीर जाए बाजू कट गई बोला तुझसे तो कोई गलती तो नहीं हुई कि क्या हो रहा है कुछ गलती तो नहीं कर बैठा उसने बोला हाँ एक गलती तो हुई थी। किसी की मछली पे हाथ मारा था मेहनत उसकी थी खाना मैं चाहता मछली उसकी थी खाना मैं चाहता था बोला ढूंढ जा नाक रगड़ ये गया ढूंढा ढूंढा ढूंढा ढूंढा उसको मिला पैरों में गिर गया उसने बोला तूने क्या किया तेरे को दी, क्या कहा? उसने बोला, तो कुछ नहीं देखा और बोला हे अपनी इसने मुझे अपनी ताकत दिखाई है तू इसे अपनी ताकत, अपनी ताकत दिखा दे तो कर्म फल भोगना पड़ता है सर करेक्टर में रही बस मैं आपको फिर बताना चाहता हूं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक ऐसी घटना में आपसे शेयर करता हूं आपके होश फाख्ता हो जाएंगे और इस घटना को रिप्लीज बिलीव इट और नॉट में दर्ज किया गया है अठारह सो में हेनरी नाम का एक लड़का अपनी माशुका के साथ रहता था उसको अपनी उसके साथ एक गर्लफ्रेंड थी हेनरी की अब हेनरी की जो गर्लफ्रेंड थी हेनरी ने उस गर्लफ्रेंड को डंप कर दिया धोखा दे दिया अब वो गर्लफ्रेंड जब अपने घर गई उसने अपने भाई को अपनी आप भी थी बताई अब उस भाई को बहुत गुस्सा आया भाई ने रिवॉल्वर लगाया रिवॉल्वर निकालने के बाद हेनरी के घर गया और हेनरी को शूट कर दिया हेनरी को जैसे शूट किया हेनरी गिर गया और वो गोली उसको छूते हुए पीछे एक पेड़ था उसमें जाके धस गई अब हेनरी गिर गया हेनरी गिर गया उस लड़की के भाई को लगा कि हेनरी मर चुका है उसने अपने आप को शूट कर लिया उसकी बहन को पता चला उसकी बहन ने अपने आप को शूट कर दिया भाई भी गुजर गया और बहन भी गुजर गई अब हैं की गोली सिर्फ कान से लग के पेड़ में लगी थी हैं खड़ा हो गया हेनरी ठीक हो गया हेनरी की जिंदगी चलने लगी। इस घटना को 20 साल गुजर गया हैं अपने घर का निर्माण कर रहा था हेनरी ने जब घर का निर्माण किया उसको लकड़ी की जरूरत पड़ी अब उसको लकड़ी की जरूरत पड़ी तो उसने दूर कहां ये पेड़ से ही काट लेता अब वो गोली पेड़ में धसी हुई है बीस साल पहले और उन्नीस के अंदर यह घटना घटी अट्ठारह में शूट हुआ उन्नीस में उसने पेड़ काटना शुरू किया उसने का पेड़ कैसे कटेगा उसने डायनामाइट लगा दिया अब जैसे ही डायनामाइट ब्लास्ट हुआ गोली उड़ी और सीधा उसके माथे के बीच में जाके देखा और हेनरी की डेथ 20 साल के बाद कर्ण फल हो गया।